हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग सभी अच्छे हैं और हम लोग भी अच्छे हैं तो अभी हो चुका है मॉर्निंग और नहाना होना हो गया है चाय पानी पी लिए है बट अभी आए थे छत से नहा थोड़ा ठंड लग रहा था धूप के लिए बाहर का कुछ मौसम देखिए ऐसा है और धूप निकल चुका है और थोड़ा दिन ऊपर जाता है तो गर्मी लगने लगती है इधर देखिए लड्डू पीस के पीछे बदमाश खेलते हैं मेरे रूम के बगल में देखिए दो पिजन हैं बहुत ही खूबसूरत देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं दोनों और बहुत दो ही खूबसूरत लग पिजन देखो कितना अच्छा पिजन है लड्डू देखने गई है तो देखिए पीहू कहाँ से चल के आ रही है अभी खड़ा खड़ा होके नहीं चलती है देखिए धूप में से आ रही इधर कहाँ जा रही है पीहू आओ आओ आओ आओ देखिए मेरी पीहू आ, आ गई आ गई पापा के पास आ पीहू तो भाई जब पीहू और लड्डू खेल लिए अभी लोग जा रहे हैं नीचे नहलाने के लिए अभी देखिए सब पूरा धूल ऊल लगा लिए चले लो के नीचे अब फ्रेश से नहाते हैं फिर इसको सुला देंगे तो लड्डू चल गई पहले नीचे तो आगे हम नीचे देखिए लड्डू दीदी पहले भागी थी बेटा लड्डू दीदी पहले भागी थी हम भाग गई थे देखिए लड्डू पहले आ गई थी लड्डू के तो मामा सारा खाना वाना तैयार कर लिए हैं अभी लोग नहलाएंगे देखिए कैसा सूरत बना ली है तो उसको नहला दीजिए अगर देखिए गाई लड्डू नहा ली अब इसको चादर उड़ा दिए अभी ठंड लग रहा है नहीं बेटा और पीहू ना रही तो रो रही है नहीं, रो नहीं नहीं रोए रोई ना और बाल नहीं धोए बेटा मोहनो तो बाल से नहीं नहाई ठीक है अभी संडे को नहा देना ठीक है पूरा शैम्पू लगा के पूरा बाल फ्रेश हो जाएगा हाँ। और पीहू तो रो रही है लड्डू नहीं रोती है बार बार अभी ये तो कपड़ा पहना देगी, नहीं देखा अगर तो पीहू भी रेडी हो गई नहा करके देखिए इसका काजल पाउडर लग गया फ्रेश हो गई अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए तो लड्डू पीहू दोनों खाएंगे अब देखिए लड्डू पहले ही मोबाइल पकड़ लेती है खाने से पहले इसको बहुत मारना है नहीं बेटा दीदी मोबाइल देख खाती है और पीहू तो ऐसे खाती है देखिए मस्त आलू का झोल वाला सब्जी बन गया और इधर देखिए पूरेपुरे चिप्स चना गया और चावल तभी आलू का झोल सब्जी चावल रोटी ये सब खाना निकल गया तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए देखिए इधर लड्डू बैठ गई तो फाइनली कहा हम लोग खाना पीना खा लिए और देखिए लड्डू को उधर अभी मोबाइल देख ही रही है और पीहू को हम गोद में लिए हैं अभी रूम को साफ़ सफाई कर रहे हैं मैडम देखिए बस अभी इनको जाना है मार्केट वो तो मार्केट क्यों जाना है तो एक सूट दिए हैं सिलने के लिए तो अभी जाएंगे तो सिलाई हो गया उसका तो ले आएंगे। और कल है शिवरात्रि तो शिवरात्रि में वो ड्रेस पहनेंगे बहुत ही अच्छा लिए हैं अपने मन पसंद से बट हम अभी तक देखे नहीं हैं मॉल से उधर लिए हैं और उधर से ही उधर टेलर को दे लिए तो इधर देखिए मैडम हो गए तैयार अभी जा रहे हैं मार्केट अपना सूट लाने के लिए और पीहू इधर सो गई देखिए कितना मस्ती से सो रही कंबल व करके कितना देर लगेगा मार्केट में जल्दी आना है क्योंकि हमको जाना है ड्यूटी देखिए मेरा पर्स में से भी पैसा ले रहे हैं रहे हैं अब जल्दी आइएगा हमको जाना है ड्यूटी दो बजे से हमको ड्यूटी जाना है और 12:15 हो गया तो आधा घंटा लगेगा करीब करीब मार्केट में जल्दी आइए और हम बच्चा को देख रहे हैं इधर देखिए मैडम मार्केट से आ गए और लड्डू के लिए क्या लाए जेम्स खा गए <laughs> जेम्स लड्डू खा गई और इनका सूट जो था से नहीं सिलाई हुआ है क्योंकि वो जो टेलर थी दुकान ही नहीं खोली है आज और कल है शिवरात्रि कल बोली बारह बजे आइएगा अभी क्या पहनेंगे रो रही थी मार्केट में <laughs> फ़ोन करके कि दुकान नहीं खुला है तो हम बोले कि दुकान मॉल से कुछ ख़रीद लीजिए दूसरा तो ये पैसा लेके गए ही नहीं थे तो वो नहीं ख़रीदा पाया और हमको जाना है ड्यूटी और बज गया एक तो अभी से कुछ भी नहीं हो सकता है तो कल कल देखते हैं टेलर कितना है दुकान नहीं नहीं बेटा मामा का सूट सिलाया क्या होगा कल? मेरा गोंद लेना था तुम्हारा गोंद लेना था हाँ। क्यों हमको अपने बुक्स है है बुक फट गया आज और के खाने मैं बनाने जा रही तो देखिए बहुत ही हरा हरा बथुआ का साग है और इधर रो रही है देखिए इसको पढ़ने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता है कि पढ़ाई करे और इधर लड्डू के लिए बना रही हूँ मैगी देखिए शाम को खाने में लड्डू को बना रही हूँ मैगी तो मैं आज शाम को खाने में ये बथुआ का साग बनेगा मैंने बथुआ का साग बना लिए है इधर और इधर रोटी और मैं चावल भी बनाऊंगी अपने लिए तो अभी तो के बजा है ना और देखिए लड्डू अभी मोबाइल देख रही है घुस के और पीहू को अभी सुला दी हूँ तो ऐसे हो गया है अभी साढ़े ग्यारह बजे आएंगे तब तक, तक मुझे जगना पड़ेगा साढ़े ग्यारह बजे तक तो जा रही हूँ मैं आजकल शिवरात्रि है तो आज मैं जा रही हूँ मेह भी लगाने